आज दिनांक दो अगस्त इक्कीस को शायम लगभग छः बजे के आसपास कलिजिरा मोड़ थाना बदलापुर में दो पक्षों के मध्य कहासुनी मारपीट और फायरिंग की बात संज्ञान में आई है इस संबंध में एक विनोद कुमार सिंह सनाफ़ राधेश्याम सिंह निवासी फतूपपुर महाराज के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है कि मेरा बेटा मोरंग का व्यवसाय करता है और आशुतोष सिंह शनाफ जयसिंह निवासी भटौली और उनके पांच साथियों के द्वारा आज उसके साथ मारपीट की गई है तो इस संबंध में इसके तहरीर पर मुकदमा लिखा जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है विधिक कार्रवाई की जा रही है